दर्शकों नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल एस्ट्रोविद आशीस पे दर्शकों आज हमारी चर्चा का विषय है कि झाड़ू को अपने घर की किस दिशा में रखना चाहिए और किस दिशा में नहीं रखना चाहिए और झाड़ू के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे माला माल बन सकते हैं बस ये छोटे से टिप्स आप अपनाइए और तीन महीने के अंदर आप लोग खुद देखेंगे कि आपके अंदर जो है क्या क्या परिवर्तन आ रहा है एक बात बताना चाहेंगे दर्शकों जिस तरह घर में रखी हर चीज का अपना एक अलग महत्व तो होता है उसी तरह घर में रखी झाड़ू का भी देखिए बहुत महत्व तो होता है झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है आप सभी लोग जानते होंगे जो कि गंदगी के साथ साथ घर की दरिद्रता भी भगाती है वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर या हमारे आस रहने वाली हर वस्तुओं का दर्शकों कुछ ना कुछ महत्व तो जरूर होता है वो हमारे ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव या कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट एनर्जी हमारे ऊपर हमारे ज़िंदगी में हमारे परिवार पर आसपास के एटमोसफियर पे जरूर डालती है तो ऐसे ही एक चीज़ है दर्शकों झाड़ू जो कि घर से गंदगी को दूर करने यानी कि साफ़ सफाई में इस्तेमाल की जाती है लेकिन दर्शकों झाड़ू जो होती हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी जाती हैं आपके घर में यदि झाड़ू गलत दिशा में रखी है तो यकीन मानिए आपके यहाँ पैसा नहीं आता होगा यदि आता होगा तो तुरंत चला जाता होगा तो वास्तु के मुताबिक घर में झाड़ू की सही दिशा दरिद्रता दूर करती है तो वहीं झाड़ू से जुड़े कुछ नियमों का यदि पालन ना किया जाए तो घर में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो वास्तु में झाड़ू की उचित दिशा दर्शकों जो बताई गई है हम बहुत अधिक आपका समय नहीं लेंगे बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे देखिए ये है साउथ साउथ बेस्ट तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा बताई गई है दक्षिण पश्चिम दिशा में आप झाड़ू रख सकते हैं या पश्चिम दिशा में झाड़ू रख सकते हैं दर्शकों ऐसा माना जाता है इस दिशा में झाड़ू रखने से देखिए नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलती है वहीं ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि यदि आप लोग अपने घर में ईशान कोट यानी कि उत्तर पूर्व में यदि झाड़ू रखते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है आपके घर का आपके घर में पैसे की दिक्कत होगी लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा पैसा आएगा तो बीमारी के रास्ते से या किसी ना किसी माध्यम से कहीं ना कहीं वो निकल जाएगा तो आप लोग करिए क्या सबसे पहले तो ईशान कोर से झाड़ू का स्थान हटा दीजिए ईशान कोड़ में तो कभी आपको झाड़ू रखना ही नहीं तमाम लोग कहते हैं ईशान कोर में रखना चाहिए सरासर गलत है ईशान कोर से आप लोग झाड़ू हटाइए बिल्कुल भी वहाँ झाड़ू नहीं रखना है अपने घर के आप पश्चिम दिशा में रख सकते हैं या दक्षिण पश्चिम दिशा में रख सकते हैं साउथ वेस्ट ऑब्लिक वेस्ट इस डायरेक्शन में आप अपनी झाड़ू रखिए और एक बात और बता दें झाड़ू को कभी भी खड़ा करके मत रखिएगा झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखिए लेटा हुआ झाड़ू रखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा यदि खड़ी झाड़ू भी है तब भी बहुत दिक्कत होगी एक ध्यान देने वाली बात ये भी है दर्शकों कि झाड़ू के ऊपर आप घर में रहते हैं घर के लोगों की दृष्टि पड़े ठीक है लेकिन यदि कोई बाहरी आता है तो उसकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए झाड़ू छुपा करके रखनी चाहिए तो ये प्रयोग करके देखिए और उम्मीद करते हैं दर्शकों इस प्रयोग से आप लोग माला होंगे तय है बिल्कुल बस ये प्रयोग जो हमने बताया है इसको आज से ही आप लोग स्टार्ट कीजिए कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और हमारी जो भी नोटिफिकेशन है उसको देखिए वार्षिक राशिफल हमने डाल दिया है उम्मीद करते हैं आप लोग इसका लुत्फ़ लेंगे हमारा दैनिक राशिफल भी आप लोग प्रतिदिन देखा कर कीजिए हमारी नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी बाधा के पहुंचे इसके लिए बेलाइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अगले वास्तु टिप्स के साथ तब तक के लिए नमस्कार